छतरपुर में खनिज माफियाओं के हौसले बुलंद है वन विभाग की टीम ने जब खनिज माफियाओं को पकड़ा तो कट्टा दिखाकर खनिज माफिया अपने ट्रैक्टर और जब्त सामान को छुड़ा ले गए और वन विभाग कुछ भी नहीं कर पाया छतरपुर में खनिज माफियाओं का आतंक लगातार जारी है दरअसल वन विभाग को मुखबिर से सूचना लगी थी कि कुछ खनिज माफिया वेद बालू का उत्खनन कर ट्रैक्टर में भर के ले जा रहे हैं इस सूचना पर वन विभाग की टीम ने ट्रैक्टर पर कार्रवाई की और दो ट्रैक्टरों के साथ एक बाइक को जब्त कर लिया जब ये दोनों ट्रैक्टरों को आगे की कार्रवाई के लिए वन विभाग ले जा रहे थे तभी दो कारों से खनिज माफिया बदमाश आते हैं और वन विभाग की टीम को कट्टा दिखाकर ट्रैक्टर छोड़ा कर ले जाते हैं और रेत को सड़क पर फेंक देते हैं जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वन विभाग की टीम ने खनिज माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है आज सुबह मुझे पाँच बजे जानकारी मिली की बीट गंगवाहा में कुछ ट्रैक्टर अवैध उत्खन करने के लिए गाँव के लोगों को लेके गए हुए हैं जैसे ही मुझे सूचना मिली मैंने तत्काल स्टाफ को ख़बर दी और ऑर्डर किया कि आप लोग सब लोग गंगवाहा पहुँचें मैं भी आ रहा हूं ये लोग जब गंगवाह गए तो वहाँ पर दो ट्रैक्टर में अवैध मिट्टी का उत्खनन करा जिससे वो मिट्टी से बालू बनाते हैं उनको लोड करके लाने का प्रयास कर रहे थे जैसे ही मेरा स्टाफ पहुँचा वैसे ही उनको देख के कुछ लोग भाग गए उसमें एक आरोपी पकड़ा गया एक मोटरसाइकिल पकड़ी गई दो ट्रैक्टर हम लोगों ने जब्त जब दोनों ट्रैक्टर को जब्त किया और हमारे कर्मचारी उनको लेके आ रहे थे और घटनास्थल से आठ से दस किलोमीटर की दूरी हम लोग तय कर चुके थे उस समय गंज में दो तीन लोग फोर व्हीलर से आए और उन्होंने गाड़ी के सामने ट्रैक्टरों के सामने दोनों गाड़ियां लगा दी और एक धीरेन शुक्ला बीरेन शुक्ला करके हैं इन्होंने हमारे कर्मचारियों को कट्टा लगाया जो गाड़ी चला रहा था उससे वो गाड़ी छुड़ा बालू मेन रोड में अनलोड करके लेके चले गए संगीत किशोर लहरियों से